नमस्कार मैं हूँ यूट्यूब आपको वीडियो ने पे चोरी कर लिया है तो उसको देना तो दोस्तों करना है करके आपको में जाना जो वाले दो दो दो तो को दोस्तों नहीं इसमें सिखाऊंगा तो तो तो तो है है क्लिक क्लिक क्लिक करना बाद बाद शेयर करने पर करें करें और उस वाले मेरे अधिकारों का उल्लंघन तो करती है।, है।, कर है।, है।, है तो सब पढ़ आपको देना है तो इस वाले पे हमने पढ़ रखे है सबको दोस्तों यहाँ तो तो दोस तो पे क्लिक करने यहाँ पे वीडियो वीडियो का का डुप्लीकेट पे एक मेरा YouTube वीडियो वीडियो यहां यहां यहां पे पे पे क्लिक क्लिक कर कर देना देना देना है है है है और और आप का का URL दोस्तों डाल सब पिन कंपनी नाम पता शहर राज्य देश भारत नंबर ईमेल दूसरा ईमेल वेलिंग नंबर सब डालना है दोस्तों उसने सब डाल के आपको कॉपीराइट स्ट्राइक इस इसका ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना तब तो कॉपीराइट उसके चैनल पे लग जाएगा चौबीस घंटे में तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए